क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में दो विशालकाय ब्लैक होल टकराने वाले हैं इनकी टक्कर से अंतरिक्ष के समय चक्र में एक बड़े बदलाव की आशंका है नासा के मुताबिक ये दोनों ब्लैक होल पिछले 10 करोड़ वर्षों से लगातार एक दूसरे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और आज से दस हजार वर्ष के बाद दोनों ब्लैक होल्स आपस में मिल जाएंगे इनके टकराने ऐसी निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण की लहरें अंतरिक्ष के समय चक्र को बदल सकती है